तो so तो so आज हम लोग हो चुके हैं ब्राज़ील के एक फुवेला में गाइज तो आप लोग हमारे साथ देख रहे हो इतनी जगह मिल्ट्री नहीं है आज लेकिन गाइज हम लोग टास्क बोर्ड बड़ा गाइज कम्पलीट करने वाले तो गाइज हम लोग गाइज उन लोगों को पकड़ने वाले हैं जो गाइज वर्ल्ड एट वार को गाइजोर्ट करते हैं देखो दो हमारे आदमी गाइज उसके बात करने के लिए गए तो गाइज लेकिन उसने गाइज गन निकाल ली गाइज लेकिन हम लोग उनके साथ अच्छा नहीं करने वाले गाइज आप बस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाई पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वाई वीडियो पर लाइक करें तो हम लोग आगे बढ़ना होगा मुझे अभी उन उस, उसको पकड़ना है जो वो कैप वाला आदमी था ना जिसने हमारे ऊपर अटैक किया था सबसे पहले हमारे यार दो दो भाई जो थे हमारे पास साथ वो उनको मार दिया वो हमारे ब्रदर थे हम हम तो इस दुनिया में गाय शांति कायम करना चाहते हैं लेकिन वो इसके ख़िलाफ़ है देखो मैं इससे इसको पकड़ कर गाय इसके सारी गाय पूछगाछ करनी है अब इसको मजा से खाएँगे करंट से वो देखो गंजा चलो भाई शटर डाउन करके गाइस अब उसको मजा आने वाला है देखते हैं अब कैसे वो गन निकाल कर हमारे ऊपर कराया करता है लेकिन हम लोग जाने वाले हैं आगे हमारे ज़िमे और गाइस बहुत सबसे जो मैंने टैक है के वो अब स्टार्ट होने वाला है जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं यो टास्क हमारे साथ गाइस कमांडो है मैंने टास्क वन फॉर वन फॉर वाइज कम्प्लीट किया है तो उन लोगों को पकड़ना जो वर्ल्ड एट वापस बोर्ड करते हैं इस दुनिया में जंग को कायम करने के लिए कोशें उन लोगों को पकड़ कर अब मजा चखाना है हमें ये उनके गुंडे हैं किराए के सारे इनको इनको टपका कर आगे बढ़ना होगा आज भाई जितने भी आना है आज देख लेते हैं कितने का आदमी है इस जगह पर अब काफ़ी ज़्यादा है मुझे काफ़ी ज़्यादा खपना पड़ेगा इस पर सबको टपकाना पड़ेगा पहले फिर जाकर कर मुझे आगे बढ़ना होगा अब जाता हूँ ओबेगा छत पर है तू भी नहीं बचने वाला चलो नीचे गिर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई वो देखो इतनी ज़्यादा भाई पब्लिक की प्लेसेस पर गई वो बंदे सारे पब्लिक प्लेसेस पर गैज मैं से फाइट कर रहे हैं लोग जो थे जगह पर वो सारे गायज पता नहीं कि जगह पर चले गए हैं उसको हमने निकाल दिया सब लोगों को क्योंकि गाइज हम पब्लिक का गाइज हम लोग उनको निकाल कोशिश भी करना चाहते ऐसा लेकिन ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि उनके साथ भी हम लोग यही सलूक करें जो इनके साथ हो रहा है लेकिन उनको ख़त्म करके थी हम तोड़ लेंगे वो देखो इतनी ज़्यादा बंदे आ रहे हैं मेरे सामने लेकिन हम मैं अब किसी को भी नहीं छोड़ने वाला चल अबे तू तू किस तरफ आग रहा है अबे निकल गए यार गलत टाइम पर लोड हो रहा है। अबे चल ओ भाई मुझे मारने वाला था ये मैंने इससे पहले टपका दिया इसको अभी मुझे मार ना तो फिर शुरू से एडमिशन फेल हो जाएगा मैं ये नहीं होने दूँगा अब अब तो वैसे मैं सबको टपकाना पड़ेगा उस बंदे को पकडूंगा जो कि हमारे खिलाफ है हमारे इतनी ज़्यादा वैसे करा रहा है हमारे पीछे उसको नहीं छोड़ने वाले उसको सब चाहे देना है आज चल अभी तू भी चल किसी को भी नहीं छोड़ना आज बस गडनेट ना फेंकना बस अगर गन्नेट फेंक देना तो थोड़ा तो सा तो तो तो तो मसला हो जाएगा बस हमें डैमेज ज़्यादा पहुंचेगा लेकर कुछ नहीं होता है इनको टपका कर ही हम आगे जाने वाले हैं वैसे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते इन सबको को गै मज़ा चिखा कर हम लोग जाने वाले हैं अपने मिशन की ओर उसको उसको उसको, उसको, उसको जिंदा पकड़ना है बस उन्हें। जिंदा पकड़ कर ले कर जाना है बस सारी उससे पूछगाछ करनी है अब ये आम पब्लिक है इनको भी जगह मिली कहीं जाने की ये हमारे साथ ही है अब वो देखो इत... इतनी छत के ऊपर है दो बंदे इनको भी टपका दिया चल तू भी लफक नीचे वो एक अंदर है शायद इसको भी टक से गाइस बिछा दिया नीचे चल तू भी चले ये रहा। एक येरा एक उधर है एक और है और है और है चल चल अभी अभी तक नहीं मरा तू यार पीछे से गाइस निकल गया वो आजा जा आजा चलो इसको भी टपका दिया है सर अब देखता हूँ और ज़्यादा कितने बंदे आने वाले हैं जगह पर अबे चलना तो भाई चलो जी इसको भी बस टपका दिया अबे मेरे ना बस कोई बुलट मार दे मुझे इसका डर रहेगा भाई बस मैं मना नहीं आना चाहता अब चलो इसको भी टपका दिया अब जाते हैं वो देखो बस बाइक को, को आकर या इस गेम में ना मुझे एक मसला नहीं बस समझ आता गेम तो वाइज बहुत अच्छी है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर टू लिविंग वाइज हम इसमें वाइस व्हीकल ड्राइव कर सकते इनको ये काफ़ फ्यूचर भी ऐड करना चाहिए कि हम लोग इसमें व्हीकल ऐड कर ले तो वाइज कुछ मज़ा ही अलग होने वाला है फिर तो इससे चल रहे तू भी चल जाता हूँ आप आगे एक ही इस तरफ वाइज आया था एक बंदा पता नहीं कहाँ चला गया रोबे यार मेरा ब्लड चल रहा है तू भी चल इसको को शायद कुछ नज़र ही नहीं आ रहा ये तो गुजरा वैसे ही अंधा था चलो फाइनली काइज हम लोग इस जगह पर पहुँच चुके हैं आगे काफ़ी ज़्यादा गाइज निकल चुके हैं इन बंदों को टपकाते अब चल तू भी चल मेरे पास शॉर्ट गन है अब नहीं बचने वाला तो चल फाइनली इसको भी बिकाइज खोपड़ी उखाड़ दी इसकी दो तो। शॉर्ट गन से चल वे एक एक बंदा का इस तरफ है जो हमारे पास फाइज कर रहा है चलो अब हमारे पास मिल चुके हैं भरी फास्ट है गाइजिंग की गाइज को निकालने की स्पीड तो गाइज ये बहुत हेल्प करने वाले हैं हमारी ये जो गन है तो फाइनली अब हम लोग डरने की कोई बात नहीं हमें अब हम लोग फ्री होकर गाइज बढ़ने वाले हैं आगे चलो भाई जाते हैं अब ये बंदे अब बचने नहीं वाले हमारे से हमारे पास गाइज डबल गन आ चुकी है हमारे दोनों हैंड गाइज गन पकड़ी हुई है हमारे मैंने अब जाता हूँ अगर लोड करता हूँ पहले चल अगर लोड हो जाता हूँ चलो फाइनली लोड हो चुकी है हमारी गन जाता हूँ अब आगे अभी यार ये बंदा ये, ये बहुत गलती करते हैं ये अबे सामने आकर पता नहीं क्या लेना है इसने एक इसके अंदर होता चल गंजे तुम भी चल चल ये भी गया अबे ये मरा नहीं अभी तक चलो मर गए अब दूसरा बंदा है उस तरफ उसको भी टपकाता हूँ जाता हूँ आगे पहले चलो फाइनल इसके अंदर चलो अबे तुम भी चल रहे चश्मा लगा कर अबे फाइट कर रहा है मेरे से तो मैं लगाने नहीं दूंगा तुझे गैज कितनी ज्यादा गैज बनी है ये लोग चश्मा लगा कर गाइज हमारे से फाइट करे चश्मे चिश्मे तो वो ऐसा चश्मा जिसमें कुछ नजर भी नहीं आता 42 मीटर मीटर हमें और ज्यादा आगे जाना है चलो भाई सामने आकर क्या कर रहा है वे मारना है तो सीधे तरह मार चलो इसको भी लपका दिया नीचे वो देखो छत पर है बैठा हुआ छत पर क्या कबूतर पकड़ रहा है तू तो? छत पर गए बैठा रखा तो किस तरह से बैठकर वहां से फाइट कर रहा था चलो अभी फाइनली जाता हूँ इस तरह तू भी चश्मा लगाकर फाइट कर रहा है चल अब किस तरह दीवारों में मार रहा है ये बह सारी गोलियां जाया कर रहा है दीवारों में मार कर अब मुझे जाना होगा आगे नेक्स्ट मूव करता हूँ अब चल अभी दूसरी तरफ अब जाते हैं हम लोग वो देखो इसे हमारा मैन जो है वो ऊपर है हमें बस उसको कैप्चर करना है उसके पीछे पीछे हमें मूव करना है अब जाता हूँ वो देगा इस छत पर तीन तीन तीन तीन कट्ठे हो मेरे पर रूप कर रहे अभी मरा नहीं क्यों क्यों नहीं मर रहे ये लोग कोई पता नहीं क्या जाते हैं ये लोग मर क्यों नहीं रहे अभी यार इतना ज़्यादा अभी कोई तो लगता मुझे ज़्यादा बंदे हैं यहाँ मेरे लोड करने थे अब तुझे चुका हूँ मज़ा तो भाई घर नहीं डाके मेरे पीछे यार मुझे जाना होगा आगे चलो भाई अभी बच गया अब बढ़ने से बच गया इस वक्त तो वरना डैमेज बहुत बुरा पड़ता है इस बारे बढ़ने का चलो अभी तुम अब दूसरी तरफ भी है यार बंदे मुझे छुपकर ही बस आगे बढ़ना चाहिए मुझे लगता है अभी यार आर पी मार दिया उसने मेरे इतनी ज्यादा है मुझे कवर में रहना पड़ेगा थोड़ी देर अब चलो फाइनली अब जाता हूँ इसको तू सामने आने कहीं चश्मा लगा कर तो नहीं मारा चश्मा लगा कर अगर मारा वो तो फिर नहीं बजने वाला ये बस सामने आई एक बार अब इस तरफ इस तरफ से शायद आ जाए सामने वो मारे अबे यार ये इतना ज्यादा यार मारे ये लोग आज मुझे अभी आ जाओ तू आ पहले तुम दोनों आ यार ग्रेड फेंक दिया फिर उसने। चलो बच गया मैं उससे। टपका दिया दो बंदे हैं उस तरफ उनको भी टपकाना चला भाई अभी यार मर क्यों नहीं रही ये लोग इतने में ज्यादा तंग कर रहे हैं ये किसके अंदर है तू अब आज निकलती है तो मैं बताऊंगा चलो वो देखो भाई उस तरफ़ा मुझे आगे जा आगे बढ़ना पड़ेगा अभी ये इस तरफ क्या हमारा गंजा चश्मा लगा कर वो देखो भाई आगे बढ़ता हूँ मैं मतलब तो पीछे इतने ज़्यादा है मैं उनकी मुझे इनसे बचकर ही निकलना पड़ेगा वैसे तो नहीं मैं निकल सकता अभी। चल अभी तू भी चल अभी पीछे से आ गया एक बंदा पीछे से पीछे से नहीं आना चाहते आगे से आओ जितने भी आते हैं पीछे से क्यों तो भी पीछे से रहेगा वो मुझसे बचने नहीं वाला वो देखो आज आर पी जी मारा है पता नहीं किस तरह अब तू भी चल तू भी चल ये लोग चश्मा लगा के अगर दीवार शायद मारने आए ये वाली सारी बोली पालक्सेंटा